मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनांक 20 दिसंबर दिन शुक्रवार के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवा या व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रा एवं गृह गोचर जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतित तो शास्त्र भी यही कहता है कि नाम राशि की चिंता नहीं करनी चाहिए जन्म राशि से ही मांगलिक कार्य या अपना राशिफल देखिए बीस तारीख है दर्शकों जयपुर आगमन हमारा हो चुका है बीस इक्कीस बाईस तीन दिन हम जयपुर में रहेंगे तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी जयपुर या इसके आसपास के क्षेत्र से आप लोग मिल सकते हैं और ऑफिस के नंबर पर आप संपर्क करके हमारी लोकेशन ले सकते हैं विक्रम संबत दो हज़ार छिहत्तर सख पौष मास चल रहा है होगा प्रातः 6 बजकर चौवन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को 5 बजकर 13 मिनट पर दर्शकों आज जो तिथि रहेगी नवमी तिथि रहेगी शाम को 7 बजकर 16 मिनट तक की और उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी नवमी तिथि को ब्रह्मा वह पुराण में लिखा हुआ है कि लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आप लौकी का सेवन करेंगे तो नवमी के दिन यदि करते हैं तो समझ लीजिए कि गौमास के बराबर जो है इसका सेवन करना होता है दूसरा दशमी तिथि के बारे में लिखा गया है कि कलंबी का जो फल होता है इसका सेवन दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इसकी मनाही है तो दर्शकों आप लोगों को विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा नक्षत्र की बात करते हैं तो आज हस्त नक्षत्र रहेगा चंद्रमा का है चित्रा मंगल का नक्षत्र ये दो नक्षत्र रहेंगे करड़ रहेगा तैतिल गर और अंतिम करण रहेगा वणिज करण रहेगा योग रहेगा सौभाग्य इसके बाद शोभन योग रहेगा अशुभ काल पर आ जाते हैं राहु काल सुबह दस बजकर छियालीस मिनट से बारह बजकर तीन मिनट तक का जो समय रहेगा राहु काल का रहेगा राहु काल में शुभ कार्यों को करना मना ही है शुभ कार्यों को करना होगा तो किसमें करेंगे तो कोशिश कीजिएगा अमृत काल में कर लीजिएगा दोपहर साढ़े तीन बजे से लेकर के और रात में साढ़े आठ बजे तक की रहेगा तो आप लोगों को जो है शुभ कार्य इसमें कर सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अः दर्शकों बढ़ते हैं हम राशिफल पर आ, लेकिन एक चीज़ भूल गए हैं शुक्रवार का दिशा तो देखिए शुक्रवार दिन रहेगा तो पश्चिम दिशा की ओर दिशा होता है आ, पश्चिम दिशा की ओर यात्राओं को करने से आपको बचना चाहिए यदि यात्रा करनी पड़ जाए तो प्रयास ये करिएगा कि मिश्री का सेवन कर लीजिएगा दही का सेवन करके तब आप चलिएगा और पहले पूर्व दिशा की ओर आपको चार पक चलना होगा तदुपरांत उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलना होगा चलिए दर्शकों राशिफल पर आगे बढ़ते हैं और राशिफल में हमारी पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों देखिए आज आपका दिन काफ़ी अच्छा रहेगा किसी पुराने मित्र से आज आपकी मुलाकात संभव है आज खुद को तरोताजा सेहतमंद महसूस करेंगे खास करके जो लोग मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है कोई आज जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व तो आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा और आपके कार्यों में मदद करेगा सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी जीवन साथी के साथ समय अनुकूल बीतेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज प्रयास करिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक बार जाप करके घर से निकलिए शुभ कलर रहेगा आपके लिए वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन वृषभ राशि के जातको आज का दिन आपके फेवर में रहेगा आपके कई सारी योजनाएं जो हैं ये आज धरती पर जो है फलीभूत होती हुई दिखाई पड़ रही परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा कार्यक्षेत्र में आज कोई बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है अपनी ऊर्जा से आज बहुत कुछ आप हासिल करेंगे किसी कठिन परिस्थिति में आज, आज आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिलेगी कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है आज जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे वो कार्य पूरा हो जाएगा उपाय के तौर पर करना क्या है तो आज घर से निकलते समय माता पिता के चरण स्पर्श करके निकलिए साथ ही साथ गाय को कोई मीठी चीज आज आपको शक्कर हो गया बताशे हो गए ये सब आप खिला सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो मिथुन राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा कोई बड़ा और अलग काम करने से आज आपको बचना चाहिए आज आप थोड़े से जो है लेजी रहेंगे सुस्त होंगे आलसपन आपके अंदर आएगा किसी मामले को आज, आज आपको बातचीत और शांति से सुलझाने की कोशिश करनी होगी संतान के साथ कुछ विवाद होने की भी संभावना बन रही है साथ ही आप संवेदनशील भी हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा एक देसी घी का दीपक तुलसी जी के पास आप जलाइएगा आपके सभी कष्टों का निवारण होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा छः कर्क राशि के जात को दिन मिला जुला रहने वाला है जरूरत से ज़्यादा एकाग्रता के कारण आज, आज आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है आज एक तरफा सोच आपको परेशानी में डाल सकती है आपको ये सभी काम आज आपके मन मुताबिक पूरे तो होंगे लेकिन आज आपको अपनी वाड़ी पर संयम रखना होगा सितारे इसकी सलाह दे रहे हैं किसी बात को लेकर के ज़्यादा जिद करने से आज आपको बचना होगा फालतू विवाद आज किसी के साथ आपके सामने आ सकते हैं तो इनसे आप लोग बच के रहिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए चीटियों को शक्कर मिश्रित आटा यदि आप डालते हैं तो बेहतर रहेगा इससे आपके जीवन में आ रही दिक्कतें दूर होंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा लाइट ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ सिंह राशि के जात आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा होगा खास करके कारोबारियों को पैसों के मामलों में आज लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा ऑफिस में काम आज आपके आसानी से पूरे होंगे साथ ही आज उच्चाधिकारी आपकी परफॉर्मेंस से खुश करके कोई बहुत अच्छा सा सा एक्सटेंसिव गिफ्ट के पर करना क्या तो किसी ब्राह्मण को या बुजुर्ग व्यक्ति को आज मीठा भोजन आप लोग जरूर कराइए इससे होगा क्या कि आपके रिश्तों में भी मिठास आएगी और धन लाभ भी होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा पांच तो सिंह के बाद जो हमारी अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि कन्या राशि के जात को दिन आपका एवरेज रहेगा मध्यम बीतेगा खास करके कारोबारियों को आज उम्मीद से थोड़ा बहुत ज़्यादा लाभ होगा ऑफिस में आज, आज आपको अपनी राय रखने का पूरा पूरा मौका मिलेगा दूसरे लोग आज आपकी योजना से काफी ज़्यादा प्रभावित रहेंगे आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा लवमेट के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा कोई नए प्रेम संबंध की शुरुआत आज हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिए दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ कन्या के बाद हमारी अगली राशि आती है तुला राशि तुला राशि के जातकों आज का दिन आपके फेवर में रहेगा लेकिन आज व्यस्तता आपके साथ बहुत ज़्यादा रहेगी आज आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है लेकिन नई जिम्मेदारियों को लेने में संकोच मत करिएगा आपके कुछ महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं कोई चीज कहीं रख करके आज आप भूल सकते हैं यात्राओं का योग बन रहा है आत्मविश्वास की कुछ कमी आज आपके अंदर दिखाई पड़ रही है आज जिम्मेदारियाँ बढ़ने से आपकी परेशानियाँ भी कुछ बढ़ सकती हैं कुछ ऐसे कार्य भी आपको करने पड़ सकते हैं जो आप ट्रैक से हटकर के करें उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज देखिए ललिता सहस नाम का आप लोग पाठ कर सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा सफ़ेद और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ वहीं वृश्चिक राशि के जात लेकिन दर्शकों वृश्चिक राशि पर आगे बढ़ें आप लोगों से अपील है कि आज का जो राशिफल ये चल रहा है बीस इस तारीख का इसके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम रूपी जो है इतने आप लोग अक्षर लिख दीजिए इतने कमेंट आप लोग कर दीजिए कि एक महासागर ये बन जाए तो आप लोगों से अपील है कि जय श्री राम का आप लोग उद्घोष जरूर कीजिए साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातक हो चाहे मेष से लेकर के मीन राशि के जातक हो आप लोगों का वार्षिक राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है कैरियर राशिफल भी हमारे चैनल पर पढ़ ही रहा है तो आप लोग देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं वृश्चिक राशि आज आपका दिन शानदार रहेगा कुछ लोगों की मदद से आज, आज आपके काम पूरे होंगे उच्चाधिकारी आज, आज आप पर प्रसन्न हो सकते हैं आज कोई प्रमोशन इत्यादि आपको मिल सकता है आज कोई नए रिलेशन में आप लोग आ सकते हैं साथ ही साथ किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत भी हो सकती है रिश्तों के मामले में आज आप लोगों की इच्छाएं समझने की कोशिश में लगे रहेंगे कुछ नई जिम्मेदारियाँ आज, आज आपको मिल सकती हैं सेहत के मामलों में दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा यात्राओं का योग बन रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज धर्म स्थान पर आप लोग चीनी का शक्कर जिसको बोलते हैं इसका आपको दान करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तो वहीं धनु राशि के जातकों आज आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी नए कार्य यदि आप करने जा रहे हैं तो इसमें आज आपको भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा किसी काम में जीवन साथी की सलाह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी कैरियर में आज आप नए आयाम स्थापित करेंगे दोस्तों के साथ आज आप लोग बाहर जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए जीवन में आज आपके लोगों का सहयोग बना रहेगा कोई नया एक्सपेंसिव गिफ्ट अपने जीवन साथी के लिए आप खरीद सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो अनाथालय में आज आप लोगों को कुछ मीठा बांटना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन वहीं कैप्डिकॉन मकर राशि के जातकों आज आपका दिन उत्तम रहेगा आपके अधूरे काम पूरे होंगे मिलकर किए गए कामों में आज आपको बहुत हद तक की सफलता मिलने के योग हैं आज पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम कर रहे करें उसमें भी आज आपको सफलता मिलेगी नए प्रेम प्रसंगों में आज आपको सफलता मिल सकती है आज आपके जीवन में किसी नए प्रेम का आगमन भी हो सकता है और आज आप कोई नई बात सीखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोगों को जो है दुर्गा सप्तती का कीलक कवच अरगला और सिद्ध कुंजी स्त्रोत का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक वहीं कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं तो कुंभ राशि के जातकों आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा रोजमर्रा के कामों से आज आपको फायदा होगा कारोबार में पैसा लगाने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो सही समय है दांपत्य जीवन आपके मधुर रहेंगे आपको कई नए काम करने के आज आपको मौके मिलेंगे कोई वाहन इत्यादि भी आज आप क्रय करते हुए दिखाई पड़ रहे संतान पक्षी से कोई गुड न्यूज मिलेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को करना है श्री सूक्त का पाठ दूसरा गाय को कुछ मीठा आज आपको खिलाना रहेगा Uh, शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार अंतिम राशि पर चलते हैं अंतिम राशि आती मीन राशि मीन राशि के जातको आज आपका दिन सामान्यता था। ठीक ठाक रहेगा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आज आपका विरोध कर सकते हैं आज आप पुरानी बातों के झंझट में पढ़ने से बचिएगा आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने के सितारे सलाह दे रहे प्रभावशाली लोगों से मुलाकात संभव है प्रातः काल से यात्राओं का योग भी बन है निवेश के मामले में आज आपको कोई नई सलाह मिल सकती है कुछ लोगों की नज़रों में आज आपकी पॉजिटिव इमेज रहेगी उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग चिड़ियों को बाजरा डालिए दूसरा गाय को आज आप लोगों को रोटी खिलानी है लेकिन उसमें शक्कत या बताशा रख के खिलाना रहेगा तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो तो ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए जयपुर आ गए हैं इच्छुक दर्शक जो कोई जयपुर से है आप लोग मिलना चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मिल सकते हैं दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार